शहर के दर्जनों कुत्तों मुर्गों और एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बना चुके गुलदार को वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा है वन अमले को इस पहाड़ी तेंदुए को पकड़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी खूंखार गुलदार ने आतंक मचाया हुआ था वन विभाग की टीम ने उसे कई घंटों की मेहनत के बाद पकड़ा इस दौरान वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे रेंजर मुकेश कुमार ने कहा की हमारी टीम इस क्षेत्र में बड़ी खोजबिंद की उसके बाद गुलदार का पता लगा बड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया इस तेंदुए ने शहर के दर्जनों कुत्तों और मुर्गों को अपना शिकार बनाया था इसने एक मासूम बच्चे की जान भी ली थी आज यहाँ पर हमारे द्वारा एक बड़ी संख्या में स्टाफ को बुलाया गया और इस क्षेत्र की विस्तृत यहाँ पर कोचिंग की गई जिससे कि लेपर की लोकेशन के बारे में जानकारी मिल सके उसके एक्टिविटीज के बारे में जानकारी मिल सके और उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त हो इसी क्रम में हमारे द्वारा आज एक टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया था और उसमें एक विशेष जो ड्रेस पहने व्यक्ति हैं जिससे कि क्योंकि ये क्षेत्र पूरा एक घनी झाड़ियों वाला क्षेत्र है जिससे कि रेपड़ के पास जाके उसे टैक्टलाइज कर सकें तो उसके लिए उसे विशेष ड्रेस भी हमारे द्वारा पहनाई गई है अपने कर्मचारी को जिससे कि ये पास जाकर रेपड़ की लोकेशन प्राप्त कर सकें और